Hi friends, welcome back to my channel Zmees Blog. Today I am here to share my journey from Pune to Bangalore by flight. So let's see the video. If this is your first time travel by flight, so I have mentioned all the required details. Uh, you can watch the video till end and you will be having ample amount of information. My flight timing is 8 a.m. and I have to reach the airport by 7 o'clock. And it's 6 o'clock in the morning, so you have to reach airport when. आर प्रोर मेकिंग टेक्सटाइल सो मेक श्योर वन एवर यूर रीचिंग एयरपोर्ट हार टू रिच वन आर प्रोअर यहाँ पर हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और एकदम टाइम पर है तो आई टेल यू द फर्दर इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए आपको अपना कंफर्म टिकट और एक आई डी कार्ड दिखाना है आई डी कार्ड आपका hard copy होना चाहिए soft copy नहीं Boarding pass के लिए दो option है आप online भी करवा सकते हो और airport पे airline counter से भी ले है सकते हैं फ्लाइट में आप अगर मिडिल सीट में बैठते हो तो आपको पीपीटी की पहनना कंपल्सरी है और हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने वो रही हमारी फ्लाइट बैंगलोर पुणे टू बैंगलोर ये हमारा फ्लाइट फ्लाइट में हम लोग बैठ हुए पुणे टू बैंगलोर में बहुत और इस आदमी के साथ ट्रैवल करिएगा उट की कैसे हम लोग फ्लाइट टिकट बुक कर सकते है सो देर आर मेनी Make My Trip और इन अदर वेबसाइट ऑल्सो यू कैन सर्च एंड बुक दिकेट जब डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू करते हो तो थोड़ा सा आपको uh, प्राइस में डिफरेंस आता है बट देर आर मेनी एप्स अवेलेबल जैसे मैंने आपको बताया गो ए बी गो यात्रा मेक माई ट्रिप देर आर मेनी एप वेर यू कैन बुक Takeoff is one of my favorite part of air journey. Talking about documents required to book a flight ticket, you can use is Aadhaar card, PAN card, and your voter ID card to travel in state. And if you are planning for international trip, you require passport. Let me give you some advice uh, while doing the security check, so it will help you. At check ke time, you have to bring your mobile, mobile charger. लैपटॉप चार्जर बेल्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी आपके पास है वो सारा आपको ट्रे में रखना है सिक्योरिटी के लिए एंड ऑल्सो इफ यू आर वेयरिंग अ लेदर शूज सामान जो आपको नहीं कैरी करना है एस नेल कटर सीजर नाइफ फाउंटेन पेन लाइटर और एक दो चीज़ें हैं जो आपको कैरी नहीं करनी है और देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कितना लिक्विड कैरी कर सकते हो तो आप अपने हैंड बैग में 200 ml से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते इफ आप एक्स्ट्रा कैरी करते हो तो आपको अपने लगेज में चेक इन वाले बैग में रखना रखना होगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इफ़ योर जर्नी इज लेस देन टू आवर्स यू वोट बी गडिंग फूड इन एनी फ्लाइट हैविंग योर फूड एंड गडिंग द फ्लाइट निवारण मंत्रालय के आदेशानुसार दो घंटे ऐसी कम होने के कारण में चलान सेवा उपलब्ध नहीं होगी इन निर्देशों का पालन करने में को अपने सहयोग के लिए हम आभान लिया पकड़ फायदेमंद आज क्या है जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में रहना चाहे सामान का सावधान ऐसी खोले और अपने सामान ऐसी पहचान कर तापमान आरामदायक बनाए रखेंगे बंद करने और एयर खोल खोलने अपनी यात्रा में को शामिल कि Welcome back. I'm so happy to have you back with us. In the public request you to close the windows and open the air vents after the doors open to maintain air quality state for your own safety. Are safe you aware of the safety filter? Find the location of the radio. It is obvious you are under our roof. We are happy on your call. Thank you for making us a part of your journey. Our mobile phone ka istemal kar sakte hain bol. Details ka sanket rakh lena. Kripa पुणे टू बैंगलोर हम 72 मिनट्स में पहुंच गए थे जर्नी फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर होप यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई विडियो इज दूंगल पार्टी पर में जैसे भी समाधान पाने के लिए इस बारे में सत्येंद्र सिंह के लोग आ